हर हाँ लड़का चाहता है कि उसकी चेस्ट अच्छी हो बाइसेप्स अच्छे हों और शोल्डर भी ब्रॉड हों तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे सिर्फ चार एक्सरसाइज की जिसे करके कुछ ही दिनों में आप चौड़ा और कटिंग दार सीना पा सकते हो तो फ्रेंड्स अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हेल्थ फिटनेस ब्यूटी डाइट बॉडी बिल्डिंग और सप्लीमेंट्स की रियल इन्फॉर्मेशन ढेर सारी होम रेमिडीज और कई मोटिवेशनल वीडियोज़ तो फ्रेंड्स आज सिर्फ चार एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसे करके कुछ ही दिनों में आप अपना चोड़ा और कटिंगदार सीना पा सकते हो फ्रेंड्स इन एक्सरसाइज से आपको एक महीने में ही फर्क दिखेगा तो चलिए बात करते हैं उन एक्सरसाइज की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 5 से 10 मिनट वार्म अप हो जाइए थोड़ा जंपिंग जा कर लीजिए या थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना वर्कआउट उसके बाद सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज होगी डिक्लाइन पुशअप्स ये पुशअप्स लगाते समय अपने दोनों पर किसी बेंच पर या किसी भी ऊँची जगह पर रखें आपकी बैक सीधी होनी चाहिए हाथ शोल्डर इसे थोड़े से बाहर रखें ये पुषअप आपकी अपरचेस्ट तेजी से बढ़ाती है और अपरचेस्ट तेजी से बाहर की उलाती है। इसके तीन सेट लगाएं। पहले सेट में बारह दूसरे में दस तीसरे में आठ रेप लगाए हर सेट के बाद एक मिनट का रेस्ट जरूर लें एक्सरसाइज नंबर टू इंक्लाइन डम्बर प्रेस इस एक्सरसाइज में आप अपना बेंच पैंतालीस डिग्री पर रखें वेट हैवी लें जिससे आप बारह रेप निकाल सके और जब डंबल नीचे लाएं, तो पूरा स्ट्रेच करें और जब ऊपर जाएं, तो स्क्वीज़ करें कि अपरचस्ट तेजी से बढ़ाती है और अपरचस्ट तेजी से बाहर की ओर लाती है इसके भी तीन सेट लगाएं। पहले में बारह दूसरे में दस और तीसरे में आठ रेप निकालें हर सेट में वेट बढ़ाते रहें और हर सेट के बाद एक मिनट का रेस्ट जरूर लें एक्सरसाइज नंबर थ्री बार बेंच प्रेस सबकी फेवरेट एक्सरसाइज बेंच प्रेस इस एक्सरसाइज को कभी भी मिस ना करें बार को अपनी शोल्डर से थोड़ा सा बाहर से पकड़ें और जब बाहर नीचे लाएं तो मिडल चेस्ट पर टच करें और फिर ऊपर लेकर जाएं जाएँ ये एक्सरसाइज आपकी चेस्ट को बाहर की लाती है और ये पूरी चेस्ट को तेजी से बढ़ाती है इसके भी तीन सेट लगाएँ पहले में बारह दूसरे में दस और तीसरे में आठ रेप लगाएँ हर सेट में वेट बढ़ाते रहें और हर सेट के बाद एक मिनट का रेस्ट जरूर लें एक्सरसाइज नंबर फोर केबल क्रॉसओवर इसमें मशीन से एक स्टेप आगे खड़े हों और जब केबल नीचे लाएं तो पूरी तरह स्क्वीज़ करें और जब ऊपर लेके जाएं तो चेस्ट को अच्छी तरह स्ट्रेच करें इस एक्सरसाइज से आपकी साइड की चेस्ट शेप में आती है और चेस्ट का साइड फैट भी खत्म होता है साइड चेस्ट की लाइन भी इसी एक्सरसाइज से आती है इसके आपको चार सात लगाने हैं पहले में पंद्रह दूसरे में बारह तीसरे में दस और चौथे में भी दस हर सेट में वेट बढ़ाते रहें हर सेट के बाद एक मिनट का रेस्ट जरूर लें तो फ्रेंड्स चेस्ट को तेजी से बढ़ाने की ये चार एक्सरसाइजें हैं और हाँ इन एक्सरसाइज के साथ डाइट का पूरा ध्यान रखें अच्छी डाइट लें हेल्दी फूड खाएं, ऑयली शुगर सॉल्ट से दूर रहें तो फ्रेंड्स चेस्ट को तेजी से बढ़ाने की ये चार एक्सरसाइजें हैं इसे अगर आपने तीन महीने तक कर लिया तो आपकी चेस्ट बड़ी भी बनेगी और तो चेस्ट की शेप भी अच्छी हो जाएगी तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना बोलें तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाय दोस्तों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 इन एक्सरसाइज से आपको एक महीने में ही फ़र्क दिखेगा तो चलिए बात करते हैं उन एक्सरसाइज़ की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 5 से 10 मिनट वार्मअप हो जाइए थोड़ा जंपिंग जा कर लीजिए या थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना वर्कआउट उसके बाद सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज होगी डिक्लाइन पुशअप्स ये पुशअप्स लगाते समय अपने दोनों पैर किसी बेंच पर या किसी भी ऊंची जगह पर रखें आपकी बैक सीधी होनी चाहिए हाथ शोल्डर इसे थोड़े से बाहर रखें यह पुशअप्स आपकी अपरचेस्ट तेजी से बढ़ाती है और अपरचस्ट तेजी से बाहर की ओर लाती है इसके तीन सेट लगाएँ पहले सेट में 12, दूसरे में 10, तीसरे में 8 रेप लगाएं। लग हर सेट के बाद एक मिनट का रेस्ट जरूर लें एक्सरसाइज नंबर टू इंक्लाइन डंबल पेस्ट इस एक्सरसाइज में आप अपना बेंच 45 डिग्री पर रखें वेट हैवी लें जिससे आप 12 रेप निकाल सकें और जब डंबल नीचे लाएं, तो पूरा स्ट्रेच करें और जब ऊपर जाएँ